हेलो एवरीवन दिस इज सौरभ है इस क्लास में हम लोग बात करेंगे समाप्त हो चुका है अगर आपने वीडियो नहीं देखा वीडियो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है जाकर आप वहां से देख सकते हैं और आज की इस क्लास में हम लोग अभ्यास 7.2 दशमलव दो को पढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जो अभ्यास सात दशमलव दो को लगाने के लिए हमारे पास हथियार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो हमारा सबसे पहला हथियार है कि कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो है विभाजन सूत्र बताइए वह जो उसके मध्य को विभाजित कर रहे हैं उसके मध्य का बिंदु का निर्देश बताइए कि उसको जो विभाजित कर रहे हैं बिंदु ए बिंदु बी भि, उसके मध्य में एक बिंदु विभाजित कर रहा है उस बिंदु का क्या कीजिए हमें निर्देश बताइए तो हम लोगों को निर्देश कैसे बताना होगा आइए हम लोग थोड़ा उस पर पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अभ्यास सात दसमलव दो के जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि जब कि जब जो हमारा बिंदु है वह एक दूसरे के समान अनुपात में विभाजित नहीं करता है जब बिंदु जो है एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित नहीं करता है तो लिखेंगे जब बिंदु एक्स वन कामा वाई वन और बी यक्स टू कामा वाई टू को समान अनुपात में विभाजित न करे समान अनुपात में विभाजित न करे विभाजित न करे तो जब समान अनुपात में विभाजित न करे तो जैसे हम लोग आइए एक डायग्राम के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे हमारा बिंदु यह ए है यह बिंदु ए है इसको हम लोग x1 वन कामा वाई वन, और यह बिंदु बी है x2 टू का है अब इसको मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा जो इसका मध्य बिंदु है जो इसका मध्य बिंदु है और इसको हम लोग मान लिए M1 और इसको मान लिए M2 टू यह जब समान अनुपात में विभाजित न करे यह है समान अनुपात में विभाजित न करें तो कर रहा हमें इसका निर्देश बताइए तो इसका निर्देश बताइए हमने लिखा है जब बिंदु A और बिंदु B को समान अनुपात में समान अनुपात में विभाजित न करे समान अनुपात में विभाजित कौन नहीं करेगा M1 और M2 M1 और M2 जब उसे समान अनुपात में विभाजित नहीं करता है तो हमारा जो फार्मूला निकल कर आता है P x कामा वाई बराबर जो हमारा समान में विभाजित नहीं करता तो हो जाएगा कोष्टम M1 क्स टू प्लस यम टू यक्स वन बटे यम वन प्लस यम टू कामा यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन अपन यम वन प्लस एम टू जब हमारा क्या होता है कि समान अनुपात में विभाजित तो नहीं करता है जब समान अनुपात में विभाजित नहीं करता है तो हमारे लिए यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला हो जाता है बिंदु का निर्देश पता करने के लिए फिर अब हम लोग बात करते हैं जब उसको समान अनुपात में विभाजित करता है जब उसको समान अनुपात में विभाजित करता है तब हमारा फार्मूला क्या होगा आइए अब हम लोग उसको देखते हैं अब हम देखेंगे कि जब ए और बी किसी मध्य बिंदु को समान अनुपात में विभाजित करता है कि जो यम वन है और जो यम टू है वह दोनों आपस में क्या है बराबर हैं तब हमारा फार्मूला हम लोगों को कौन सा यूज करना होगा तो हम लोग लिखेंगे जब ए यक्स वन का मा वाई वन और बी यक्स टू कामा वाई टू को यम वन अनुपातें यम टू समान अनुपात में विभाजित करें समान अनुपात में विभाजित मतलब होता है बांटे विभाजित करें आइए हम लोग उसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं तब उसको हम लोग फार्मूले का निर्माण करते हैं जैसे हमने माना हमारा बिंदु ए है और ए बिंदु हमारा बी है इसको हम लोग आपस में क्या करते हैं मिला देते हैं यह बिंदु ए यक्स वन कामा वाई वन यह बिंदु बी यक्स टू कामा वाई टू अब इसका करा जो मध्य बिंदु है पी यक्स कामा अब इसको जो यम है और जो यम है वह इसको एक अनुपात एक में मतलब आपस में बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं तो हमारा यहां पर फार्मूला बनेगा p यक्स कामा वाई बराबर कोस्टक में यक्स वन प्लस यक्स बटा टू, टू कामा वाई प्लस वाई टू बटा टू जब इसको क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं तब तो हमारा यह फार्मूला लगेगा जो कि P पी यक्स में Y बराबर यक्स वन प्लस यक्स टू अपान टू वाई वन प्लस वाई टू अपान टू जो हमारा दूसरा फार्मूला है इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या करेंगे जो हमारे अभ्यास सात दशमलव दो का संपूर्ण सवाल है उनको हल करेंगे तो आइए हम लोग चलते हैं अभ्यास सात दशमलव दो की तरफ अभ्यास सात दशमलव दो का पहला सवाल है आपको स्क्रीन पर यहां पर दिखाई पड़ रहा है कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं माइनस एक कामा सात और चार कामा माइनस तीन को मिलाने वाले रेखाखंड को दो अनुपातें तीन में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है दो अनुपात तीन में विभाजित कर रहा है आइए हम लोग उसको एक डायग्राम पर पहले प्रदर्शित करते हैं फिर इसके बाद हम लोग सवाल को हल करते हैं तो हमारा जो निर्देशांक जमित का पहला सवाल है वह हम लोगों को स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है उसको हम लोग डायग्राम में प्रदर्शित कर लेते हैं देखिए पहला सवाल कर रहा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और हमारा बिंदु ए और बिंदु बी दिया है जो हमारा बिंदु ए है और जो हमारा बिंदु बी है जो बिंदु ए है वह दिया है माइनस एक और बिंदु बी जो है हमारा दिया है चार कामा अब इसको कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए पी एक्स कामा वाई हमको क्या करना है पता करना है और जो हमारा यम वन दिया है और वह दिया है दो और जो यम टू दिया है वह दिया है तीन इसको दो अनुपातें तीन में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है तो आइए हम लोग क्या करते हैं इस सवाल को हल करते हैं तो हम लोगों को दो बिंदुओं के बीच का यह देखो जो इसका अनुपात है वह क्या है असमान है इसका जो अनुपात है वह असमान है तो जब अनुपात असमान होता है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं पी कोमा वाई बराबर होता है यम वन यक्स टू प्लस यम टू यक्स वन अपान यम वन प्लस यम टू कामा यम वन वाई टू प्लस यम y1 वन अपान प्लस यम यही हमारा फार्मूला होता है और हमें देखो दो बराबर दिया है m1 और तीन बराबर दिया है m2 और यह हमारा माइनस एक है यक्स और सात है हमारा y1 और चार है हमारा यक्स और माइनस तीन है हमारा y2 अब हम लोग फार्मूला में रख देते हैं तो फार्मूला में m1 का मान दिया है दो गुड़े स दो का मान दिया है चार प्लस यम टू का मान दिया है तीन गुड़े यहां का मान दिया है माइनस एक बटे मान दिया है दो यम टू का मान दिया है तीन कामा यम वन का मान दिया है दो गुड़े वाई टू का मान दिया है माइनस तीन प्लस यम टू का मान दिया है तीन गुड़े वाई वन का मान दिया है सात बटे यम वन का मान दिया है दो धन यम टू का मान दिया है तीन इसको हम लोग हल कर लेते हैं तो चार दूना हो जाएगा आठ माइनस तीन कम तीन बटे तीन दो पांच कामा तीन दूना हो जाएगा माइनस छ प्लस सात त्रिक हो जाएगा इक्कीस बटे तीन दो कितना हो जाएगा पाँच तो आठ में से पांच घट जाएगा बचेगा पांच बटे पांच कामा अब इक्कीस में से हम लोग छ को घटा देते हैं इक्कीस में से छह को हम लोग घटा देते हैं तो हमारा बचेगा पंद्रह बटे पांच अब इसको हम लोग काट देते हैं पांच एक कम पांच और पानिया पंद्रह तो हमारा जो निर्देश आ जाएगा एक कामा कितना आ जाएगा तीन, एक कामा कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा यही जो हमें मध्य बिंदु इसका पूछ रहा था वह हमारा कितना आ गया? एक कामा, आ गया? गया। इस प्रकार जो हमारा पहला सवाल था वह पूर्ण रूप से क्या होता है समाप्त होता है कि जो पूछ रहा था कि बिंदु A और बिंदु B जब इसको इस अनुपात में काट रहे हैं तो इसका मध्य बिंदु कितना होगा तो मध्य बिंदु कितना होगा एक होगा इस प्रकार अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पर दूसरा सवाल दूसरा सवाल हमसे क्या कर रहा है कि बिंदुओं चार कामा माइनस एक और माइनस दो कामा माइनस तीन को जोड़ने वाले रेखा खंड को समाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए हमें सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा आइए हम लोग सवाल को क्या करते हैं डायग्राम के द्वारा पहले समझते हैं तो हम लोग फार्मूला जानते हैं पी यक्स कामा वाई बराबर m1 वन यक्स टू प्लस m2 टू यक्स वन अपान प्लस यम कामा यम वन प्लस यम टू, टू, टू बटे m1 वन प्लस यम टू. यह हमारा होता है किसी मध्य बिंदु को निर्देश करने के लिए जब उसके ए और बी दिया हो और उसको कुछ असमान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो हम लोगों को देखो बिंदु ए का निर्देश दिया है बिंदु बी का निर्देश दिया है यहां पर हमारा सम त्रिभाजित अगर बिंदु पी को हम लोगों को ज्ञात करना है तो देखो यहां पर एक है और यह एक है एक एक मिलकर कितना हो जाएगा या यह एक, एक मिलकर हो जाएगा दो यानी जो पहला बिंदु है वह एक अनुपात कितने में दो में विभाजित कर रहा है यानी जो m1 का मान है वह एक है और जो m2 का मान है वह कितना है दो है उठाकर फार्मूला में रख देते हैं बराबर m1 का मान एक गुणे x2 x2 का मान दिया है माइनस दो प्लस m2 m2 का मान दिया है दो गुड़े यक्स टू वन यक्स वन का मान दिया है चार बटे यम वन एक प्लस यम का मान दिया है दो कामा फिर यम वन एक गुड़े यम वाई टू का मान दिया है माइनस तीन धन m2 का मान दिया है दो गुड़े y1 का मान दिया है कितना माइनस एक बटे यम वन प्लस यम एक प्लस दो बराबर दो का गुणा एक में करेंगे तो हो जाएगा माइनस दो प्लस चार दूना आठ बटे दो एक तीन का मान तीन का गुड़ा एक में तो माइनस तीन फिर दो का गुणा एक में तो जाएगा अब माइनस दो बटा दो एक तीन बराबर अब आठ में से दो को घटा देंगे तो बचेगा छ बटे तीन का माइनस तीन और माइनस दो हो जाएगा माइनस पांच बटे तीन तीन से छ को काट देते हैं तीन दू ना छ यानी दो का माइनस पांच बटे तीन, जो इसका बिंदु P पूछ रहा था P का निर्देश हो जाएगा Y का जो निर्देश है वह कितना आ गया दो का माइनस पांच बटे तीन अब हमको Q का निर्देश चाहिए तो Q का निर्देश हम लोग मान लिए क्यू यक्स और Y इसको भी आइए हम लोग अब इसको निर्देश करने के लिए इसका हम लोग दूसरा निकाल लेते हैं P हम लोगों ने निकाल लिया अब हम लोग निकालते हैं क्यू यामा वाई का निर्देश तो हम लोगों को वही फार्मूला अब देखो जब हम इसका निर्देश निकाल रहे हैं तो जो यम है वह इसको कितने भागों में विभाजित कर रहा है दो और जो यह है Q से B के बीच की दूरी जो यम हो जाएगी वह कितना हो जाएगा एक हो जाएगा कितना हो जाएगा एक हो जाएगा तो हमारा यहां से जो मिला हमें यम का वैल्यू वह मिल गया दो और यम का वैल्यू मिल गया हमें एक अब हम लोग क्या करते इसमें भी यही फार्मूला को हल करके रख लेते हैं तो हो जाएगा क्यू यक्स कामा वाई बराबर यम वन, यम वन का मान दिया है कितना दो गूढ़े फिर हमारा दिया है यक्स टू यक्स टू का मान कितना दिया है माइनस दो माइनस दो धन टू एक दिया है गुड़े यक्ष वन यक्स वन का मान कितना दिया है चार बटे यम वन का मान दिया है दो धन एक कामा फिर यम वन यम वन का मान कितना दिया है दो गुड़े फिर y2, y2 का मान कितना दिया है माइनस तीन प्लस m2, m2 का मान कितना दिया है एक गुड़े y1, y1 का मान कितना दिया है माइनस एक बटे यक्स स वन में हम लोगों ने इतना सब रख लिया पी क्यू यक्स वाई में अब हम लोगों को एम वन और यम टू यम वन का मान दिया है दो धन यम टू का मान दिया है एक बराबर दो दूना चार प्लस चार एक कम चार बटे दो एक तीन कामा तीन दूना माइनस प्लस एक का गुणा एक में करेंगे तो माइनस एक बटा दो एक तीन चार में से चार को घटा देंगे तो बचेगा जीरो बटे तीन कामा माइनस छह में एक को घटा देंगे तो माइनस सात बटे तीन यानि जो हमारा आंसर आ गया जीरो कामा माइनस सात बटे तीन यह आ गया हमारा क्यू यक्स कामा वाई यानी जो हमारा कह रहा था सवाल कि बिंदु ए और बिंदु बी को समान तीन अनुपात में विभाजित कर रहे थे तो हम लोगों ने देखो पहले क्या किया कि बिंदु पी मान लिया क्यों मान लिया इसको एक अनुपात दो अनुपात और त्री अनुपात में समान विभाजित कर रहे थे इस प्रकार हमारा जो दिया गया सवाल था वो हमारा बिंदु पी का निर्देश दो कामा माइनस और क्यू का निर्देश जीरो कामा बटे तीन यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया इस प्रकार हमारा दूसरा सवाल भी क्या होता है साल होता है आप क्या कीजिए इसका एक ले लीजिए अब हम लोग बात करेंगे तीसरे सवाल पर तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है तीसरा सवाल कह रहा है आपके इस स्कूल में खेल कूद क्रिया क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर एक मीटर की दूरी पर पक्तिया बनाई गई हैं। परस्पर एक मीटर की दूरी पर पक्तिया बनाई गई है एडी अनुदिश परस्पर एक मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा चित्र फिर कह रहा है निहार का दूसरी पक्ति में एडी के एक बटे चार भाग के बराबर पूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है प्रीत आठवीं में में के एक पांच बराबर भाग में की दूरी पर दौड़ती है और वहां लाल झंडा गाड़ देती है तो दोनों झंडों के बीच की दूरी बताइए यदि रश्मि और को एक नीला झंडा इन दोनों झंडे के मिलाने वाले रेखाखंड को ठीक आधी बीच की दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए आपको सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और चित्र आपको यहां पर दिखाई दे रहा आइए हम लोग सवाल को हल करते हैं कि सवाल में सबसे पहले क्या कर रहा है कि जो एक निहारिका है कि तीसरा सवाल निहारिका द्वारा तय की गई दूरी निहारिका द्वारा तय की गई दूरी वह कितना दूरी तय करती है एक बटे चार भाग एक बटे चार भाग की दूरी तय करती है और वह जो गमले की दूरी दिया है एक गमले की दूरी बराबर दिया है सौ मीटर एक गमले की दूरी कितना दिया है 100 मीटर दिया है एक मीटर की दूरी बराबर 100 गमले रखे गए हैं एक मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे गए 100 गमले रखे गए हैं तो एक बटे चार में हम लोग क्या करते हैं 100 का मल्टीपल कर देते हैं तो पच्चीस चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा फिर हम लोगों को कह रहा है कि निहारका के बाद दूसरी पक्ति में वही प्रीत आठवीं पक्ति में तो प्रीत द्वारा तय की गई दूरी प्रीत द्वारा तय की गई दूरी एक बटे पांच वह भी क्या कर रहा है कि एक गमले के एक मीटर में कितने गमले रखे गए हैं सौ गमले रखे गए हैं सौ का मल्टीपल कर देते बीस पंजे कितना हो जाता है सौ हो जाता है तो जो हमारा निहारिका द्वारा तय की गई दूरी पच्चीस है और प्रीत द्वारा तय की गई दूरी कितना है २० है अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोगों को यहां पर जो आपको ग्राफ चित्र दिखाई दे रहा है चित्र में यहां पर जो है कि यह जो दूरी है और जो यह दूरी है यह हम लोगों को इस पे जो प्रीत है आपको वह दो पर चल रही है और जो इस पर है वह कितना है पच्चीस है तो जो हमारा इसका पहला निर्देश आ जाएगा ए वह निर्देश आ जाएगा हमारा दो कामा पच्चीस और जो हमारा बी है बी का निर्देश आ जाएगा आठ कामा बीस क्योंकि आठवीं पक्ति पर दौड़ रही है ना तो 20 गमले रखे गए हैं तो 8 कामा कितना हो गया 20. अब करा ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की क्या करना है दूरी बताना है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की हमें क्या करना है दूरी बताना है तो हम लोग जानते हैं दूरी का जो हमारा फार्मूला होता है दूरी का फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट यक्स टू यक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई का होल स्क्वायर जो हमारा अंडर रूट टू का मान दिया है वह दिया है कितना आठ माइनस यक्स वन का मान दिया है दो का होल स्क्वायर प्लस वाई का मान दिया है बीस माइनस वाई का मान दिया है पच्चीस का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट आठ में से दो को घटा देते हैं बचेगा छह का होल स्क्वायर प्लस 20 में से 25 को घटा देंगे तो माइनस पांच का होल स्क्वायर अब छ का स्क्वायर करेंगे छ छवा के 36 और पांच पचे कितना हो जाएगा 25 और छह पांच हो गया 11 का एक हासिल लगा एक तीन दो पांच पांच एक कितना गया 6. जो यानी इनके बीच ए और बी के बीच की दूरी है वह जो हमारी निहारका है उपरीत है उनके बीच की जो दूरी है वह कितना है इकसठ मीटर कितना है इकसठ मीटर की दूरी है फिर कह रहा है कि जब दूसरा सवाल इसी में कह रहा है कि जब निहारिका और प्रीत के बीच में एक कोई तीसरा आता है और उनके मध्य में एक क्या करता है बीचों बीच एक झंडा गाड़ देता है बीचों बीच एक क्या करता है झंडा गाड़ देता है तो जो हमारा ए दिया है वह दिया है दो जो बी निर्देश दिया है वह दिया है आठ का मीस अब जब तीसरा यहां पर आकर झंडा गाड़ देती है हमें पता नहीं है इसका निर्देश क्या है लेकिन कह रहा है कि बीचों बीच गाड़ती है जो इसका अनुपात होगा विभाजित करने का वह अनुपात हो जाएगा एक अनुपात एक जब हम लोग जानते हैं समान अनुपात में किसी को विभाजित करता है तो हमारा जो फार्मूला होता है मा वाई का वह होता है यक्स वन प्लस वाई टू हमारा होता है जब किसी को समान अनुपात में क्या कर रहा हो विभाजित कर रहा हो तो आइए हम लोग इसको समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो यक्ष कामा वाई का मान निकाल लेते हैं यक्ष वन का मान दिया है दो प्लस यक्ष का मान दिया है आठ बटे Y1 का वाई वन का मान दिया है 25 प्लस y2 का मान दिया है 20 बटे दो बराबर 8 में दो को जोड़ेंगे 10 बटे दो कामा 25 में 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 बटे दो बराबर इसको काट देंगे तो पांच अनुपातें पांच कामा यह हो जाएगा हमारा 45 बटे दो इसको भी हम लोग अगर चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा बाईस दशमलव पांच तो जो हमारा बिंदु P का निर्देश है यक्ष कामा वाई वह वा पांच कामा बाईस अनुपातें कितना है पांच है इस प्रकार जो हमारा तीसरा दिया गया सवाल था आपको बहुत हार्ड लग रहा था लेकिन आपको उसको कॉन्सेप्ट करेंगे दो सवाल पूछा था पहले में पूछा था कि बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी हमने आराम से पता कर लिया फिर हमें कर उसको जब समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो उसके मध्य बिंदु का निर्देश तो उसके मध्य बिंदु का निर्देश भी हम लोग कर ले कैलकुलेट कर ले अब क्या क्या करेंगे अगला सवाल सवाल सवाल हमारा चौथा चौथा हमसे उस पर बात करते हैं तो सवाल हमें रहा है लेन कामा दस और छह कामा माइनस आठ को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस एक कामा छह के किस अनुपात में विभाजित करेगा किस अनुपात में विभाजित करेगा तो प्रश्न नंबर चार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और हम लोग उसको क्या करते हैं आइए डायग्राम के द्वारा उसको पहले समझ लेते हैं फिर सवाल को हल करते हैं तो कह रहा है कि बिंदु दिया है जो बिंदु ए है और जो बिंदु बी है वह दिया है ए का बिंदु दिया है हमारा तीन कामा मा, माइ और बिंदु B का निर्देश दिया है छ कामा और कर को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु जो इसका विभाजन बिंदु है P वह भी हम लोगों को दिया है माइनस और कामा छम वन का वैल्यू और M2 का वैल्यू क्या कर रहा है पूछ रहा है तो आइए हम लोग क्या करते हैं यह भी एकदम सरल सा सवाल है इसको भी हम लोग क्या करते हैं कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हल करते हैं तो देखो जब हमें बिंदु A दिया है बिंदु B दिया है बिंदु P दिया है और हमसे यम वन और M2 का वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोगों को बिंदु बी का जो मध्य विभाजन इसका अनुपात जो है जो इसका अनुपात है वह समान अनुपात में विभाजित नहीं कर रहा है तो हम लोग जो समान अनुपात होता है विभाजित नहीं कर रहा है उसका फार्मूला हम लोगों को पता है कि p यक्स कामा वाई बराबर होता है यम वन यक्स टू प्लस यम टू यक्स वन अपान यम वन प्लस यम टू कामा वन टू प्लस टू अपान वन प्लस टू। अब हमारा माइनस एक का मा छ इसको लिखेंगे माइनस एक का मा छ अब हमें यम वन और यम टू का अनुपात तो दिया नहीं हमने इसको मान लिया माना म वन अनुपाते यम टू को वह के अनुपात एक में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है तो यम वन का मान के और यम टू का मान कितना मिल गया एक मिल गया आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं फार्मूला में रख देते हैं यम वन का मान के गुड़े यक्स टू यक्स टू का मान दिया है छ प्लस यम टू का मान दिया है एक गुड़े यक्स वन का मान दिया है माइनस तीन बटे यम वन के प्लस वन का मान यम वन यम वन का मान दिया है k गुड़े वाई टू का मान दिया है कितना माइनस आठ प्लस यम टू का मान एक गुड़े वाई वन का मान दिया है दस बटे यम वन का मान दिया है k प्लस वन अब हम लोग हल कर लेते हैं माइनस एक कमा च्या। च्या का म छ का गुरा के में जाएगा। के। एक का गुणा माइनस तीन में तो माइनस तीन बटा के प्लस वन का के का गुणा आठ में तो माइनस आठ के प्लस एक का गुणा दस में दस बटे के प्लस वन इतना हो गया अब हम लोग क्या करेंगे इसको समान अनुपात में विभाजित कर देंगे जो हमारा यक्ष है वह यक्ष के बराबर हो जाएगा और जो हमारा y है वह वा y के बराबर हो जाएगा तो, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसके मान को हम लोग यक्ष के यक्ष के बराबर और y को y के बराबर रखेंगे तो देखो हमारा जो 6k के माइनस तीन बटे के प्लस वन बराबर है वह किसके बराबर है माइनस एक के तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं अब के प्लस वन का गुणा करेंगे माइनस एक के साथ के माइनस थ्री बराबर माइनस के माइनस एक हो जाएगा अब क्या करेंगे यह माइनस के है इधर आएगा तो प्लस के हो जाएगा बराबर यह माइनस एक है यह माइनस तीन है इधर जाएगा तो प्लस तीन छह और एक हो गया कितना सात के बराबर तीन में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा दो और के के साथ साथ यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में यानी जो के का वैल्यू आ गया वह दो अनुपातें कितना आ गया सात आ गया तो इस प्रकार जो हमारा के का वैल्यू था वह दो अनुपातें कितना आ गया सात आ गया जो हमें यम का मान मिला था अब हम लोग क्या करेंगे जो हमें m1 और m2 का वैल्यू चाहिए था m1 वन m2 वह हम लोगों को k का मान मिल गया दो अनुपात दो बटे सात अनुपाते एक यम का वैल्यू एक हम लोगों ने माना था अब कभी भी जो हमारा अनुपात होता है वह बटे में नहीं होता है क्या हो जाएगा दो अनुपातें कितना सात का एक के साथ गुणा हो गया और यम और यम का अनुपात कितना आ गया दो अनुपातें सात इस प्रकार जो हमारा चौथा सवाल दिया था पूछ रहा था उनको अनुपात क्या क्या होगा तो वह किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं दो अनुपातें सात में विभाजित कर रहे हैं इसी प्रकार हमारा चौथा भी सवाल क्या होता है कंप्लीट होता है और पांचवी सवाल को हम लोग अगली क्लास में लेकर मिलेंगे आई होप आपको सारा जो पढ़ाया गया है वह समझ में आया होगा और अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए फिर हम आपको उस सवाल का जवाब लेकर मिलते हैं अगली क्लास में तो अब हम लोग अगले सवाल को मिलेंगे अगली क्लास में लेकर तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए जय भारत